नमस्कार और आप देख देखे पल पल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पर्यटन युवाओं के लिए विचारधाराओं के साथ साथ संस्कार बदलने में भी, भी एक बेहतर साधन होता है इसके अलावा क्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर आकर्षण और आय का मुख्य स्रोत भी होता है मुख्यमंत्री आज पंचकूला में अपने टूरिस्ट फैमिलेशन सेंटर की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर आरोप उन्होंने धार्मिक दर्शनीय डे टू पर बस पैकेज की भी शुरुआत की पलपल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में खेल एवं अन्य एडवेंचर गतिविधियों की शुरुआत करके प्रदेश में साहसिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि हरियाणा को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सके उन्होंने कहा कि बहुत से देशों में टूरिज्म आय का एक मुख्य साधन है कोरोना के समय में कई देशों की आय प्रभावित हुई है और लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है अब वे देश में धीरे धीरे आर्थिक रूप से उभर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन स्थानों से धार्मिक एवं ऐतिहासिक टूरिज्म बड़ी संख्या में नहीं है ऐसे स्थानों पर मोरनी जैसी पहाड़ियों को एडवेंचर के रूप में विकसित किया जा रहा है इसके साथ ही टिक्काताल में भी वाटर स्पोर्ट्स एयर स्पोर्ट्स बोटिंग और पैराग्लाइडिंग आदि गतिविधियाँ विश्व टूरिज्म डे पर शुरू की जा सकती है उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रयासों से फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के पर्वतीय और वन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि धार्मिक और दर्शनीय डे टूरिज्म बस पैकेज एक प्रकार के कार्यक्रम के तहत यह सप्ताह में दो बार चलेगी और पर्यटकों को पंचकूला कालका मानसा देवी नाडा साहिब तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण करवाएगी इस प्रकार की गतिविधियों से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि टूरिज्म घरों तक आए और इसलिए स्टे होम पॉलिसी लेकर के आए हैं जिसके साथ ही पिंजौर से हॉट एयर बैलून की शुरुआत की जाएगी इस प्रकार पंचकुला जिला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा बीस जून को भी हम सब सब लोग आए थे मैं भी था आप भी सब थे और उस दिन जो भूमिका बनाई गई थी मुझे बड़ी खुशी है कि उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने या जो बॉस और जो सहयोगी जितनी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हैं प्राइवेट हैं उन सब ने इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें योगदान किया तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट उसके कारण से आज इसको विधिवत टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिकरताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है अब आगे से प्रदेश के नक्शे में देश के नक्शे में ज़रूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम टिकटाल का नाम इस ओर दर्ज होगा और जो विश्व भर के या देश भर के जो टूरिस्ट हैं अपने स्थान से वो टूरिज़्म के नाते से दूसरे स्थानों पर जाते हैं निश्चित रूप से जब हरियाणा से होकर निकलेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अभी तक तो हमारा टूरिस्ट सामान्यतया हरियाणा की किसी चीज़ की तरफ आकर्षित बहुत कमी होता है दिल्ली से आर्ट काफ मेला फरवरी में लगता है उसमें आते हैं लोग एक एक लिमिटेड सहायक उनका दायरा है जो लोग आते हैं ऐसे ही कुछ स्थान पुरातत्व की चीज़ों को देखने के लिए भी जाते हैं राखीगढ़ी जाते हैं कहीं कोई किला देखने जाते हैं कहीं पुरा पुरातन काल की ऐसी कुछ चीज़ें वो देखने जाते हैं धार्मिक टूरिज़म इस नाते से क्षेत्र एक बड़ा स्थान है जहाँ लोग आते हैं जाते हैं लेकिन सीनरी जिसको कहना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र या कोई वाटर स्पोर्ट्स या इस प्रकार का अभी हरियाणा में उतना बड़ा कहीं है नहीं कभी बड़खल लेक पर थोड़ा होता था लेकिन बड़खल लेक का पानी सूखने के बाद वो बोटिंग और वो सारी चीज़ें वहाँ समाप्त हो गई अब नए सिरे से इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का हमने किया तो पहला केंद्र टीकरताल का ये जो आपने देखा है कि पिछली बार पानी कम था इस बार वर्षा के कारण से वो अक्तूबर के महीने में सबसे ज़्यादा पानी यहाँ होता है अभी थोड़ा बहुत पीछे से झरने वगैरह चल भी रहे हैं अक्तूबर अंत तक तो चलेंगे लेकिन उसके बाद वो सब सूख जाते हैं वर्षा के कारण से ही पानी सब आता है और यहाँ से पानी रिश्ता भी है आगे तो उसके कारण से गर्मियों में ये पानी लगभग पाँच छः फुट पानी कम होता है तो इस पानी का उपयोग हम जितने भी आ, हमारे जो खेल हैं वाटर स्पोर्ट्स उनके नाते से आज हमने देखा पिछली बार हमने देखा इसको कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग भी पिछली बार डेमो दिखाया था लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं वो महीने में दो महीने में पूरी हो जाएंगी कुछ लाइसेंसिंग के उसके काम होते हैं कुछ इसकी लॉज बाय लॉज रूल्स ये बनाए जाते हैं क्योंकि रिस्की गेम होने के नाते से फौत ही फॉर्मेलिटीज़ में करनी पड़ती हैं वो सब करने के बाद वो शुरू होगा ऐसे ही कुछ समय के बाद इंजौर में बैलूनिंग ये भी शुरू हो जाएगा वो भी एक कंपनी से बातचीत चल रही है उन्होंने अपना डबो दे दिया है उसका टेंडर करके उसको उनको फाइनल करना है कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो इसको बढ़ाने के लिए ये सब पग उठाए जा रहे हैं आज एक बस सिटी टूरिज्म की जो बस है उसको उद्घाटन किया उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है तो सप्ताह में दो दिन ऐसे जो टूर्स लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे बुकिंग के हिसाब से उनको किया जाएगा अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर दो दिन से ज़्यादा भी किया जा सकता है या वाहन बढ़ाए जा सकते हैं उसमें एक ट्रिप उसका यहाँ भी हुआ करेगा वीकेंड्स पर यहाँ संख्या बढ़ने लग गई है अभी से ही बढ़ने लग गई पहले से 20 जून के बाद ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि बीस जून के बाद यहाँ की जो जमीनों के रेट हैं वो तीन गुणे हो गए हैं अब वो जिनको संभावनाएँ दिखती हैं वो लोग स्वाभाविक आकर्षित होते आज हैं आज हमने उसके साथ दो और पॉलिसीज़ जिनका चालू की है जिसके लॉन्च किया है एक होमस्टे पॉलिसी तो घरों में जिनके पास दो कमरे तीन कमरे चार कमरे जितने स्पेयर कर सकते हैं या नए बना सकते हैं उनको लोन भी दिलवाएंगे नए बनाने के लिए वो टूरिस्ट के हिसाब से उसकी सुविधाएँ सारी ध्यान में रख कर, कर के और वो होम टूरिस्ट आ के वहाँ रुके आज हमने चार पाँच लोगों को तो सर्टिफिकेट दिए हैं लेकिन वो धीरे धीरे आगे पॉलिसी बढ़ेगी फार्म स्टे पॉलिसी इसमें पहले से भी कुछ लोगों ने फार्म्स बनाए हुए हैं लेकिन उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी वो भी आज हमने लॉन्च की है ताकि लोग अपने फार्म्स बना करके खेतों में और ग्रामीण क्षेत्र का खास करके रहन सहन कैसा होता है उसको भी लोग जा के इंजॉय करते हैं देखते हैं खास करके विदेशी लोग हमारे यहाँ झज्जर में कुछ फार्म हाउस ऐसे हैं जहाँ लोग अभी भी जाते हैं रुकते हैं उन्होंने झोपड़ी ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई हुई हैं तो जैसे मुझे ध्यान है कि मैं एक बार इसराइल गया तो वहाँ एक डेजर्ट्स फारी आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो एकदम रेतीले पहाड़ के अंदर जाकर के दुबई से कोई 40 पचास किलोमीटर अंदर जाकर के और वहाँ एक रहन उनका ग्रामीण क्षेत्र का उसी प्रकार का वो करते हैं और लोग राथ से रात को साढ़े आठ बजे वापस आते हैं उनका ठहरने के उतने कम हैं स्थान उनके ज़्यादा नहीं है लेकिन वो डे वन डे डे टाइम का ही उनका एक टूरिज़्म है तो इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए देशभर में भी पर्यटन चल रहे हैं हम अपने हरियाणा प्रदेश में भी बढ़ा रहे हैं जैसा मैंने अभी बताया कि मालदीव्स ऐसा एक देश है जिसका कुल जीडीपी का 59.6 परसेंट केवल टूरिज्म में से ही आता है उनकी मेन एक प्रकार का जो उनका स्रोत आय का है वो तो टूरिज्म है अभी हालांकि कोविड में बहुत बड़े झटके हैं ऐसे देशों को लगे जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट थे टूरिज्म बंद हो गया आना जाना अब धीरे धीरे फिर शुरू हो गए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ तक और बहुत से ऐसे देश हैं कम से कम दर्जनों देश ऐसे हैं जहाँ 15 परसेंट से ऊपर उनकी जीडीपी है लेकिन अपने देश का अभी जो आज मैं देख रहा था 1.1 परसेंट है यानी नेग्लिजेबल है कुछ नहीं है फिर भी चूँकि देश बड़ा है हमारी इकोनॉमी बड़ी है उसके अंदर जो कुल मैग्नीटूड है वो हमारा दो हज़ार करोड़ डॉलर इतना बड़ा हमारी इनकम उसमें से होती है यानी अगर दो ढाई हज़ार करोड़ डॉलर में कह रहा हूँ तो लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपया टूरिज़्म से आज भी आता है लेकिन बहुत देश तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं उस नाते से देश के दुनिया के जो टूरिस्ट हैं और जो विकसित देश हैं वहाँ से टूरिस्ट ज़्यादा निकलते हैं उधर से लोग आए हमने उसके सारे बतन किए हैं आज भी उसका चालू किया है और ये पहला केंद्र है हम इस प्रकार के और भी केंद्र जहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं जैसे ब्रह्म सरोवर है बहुत बड़ा वाटर एक स्पोर्ट्स का केंद्र बन सकता है हमारी वो गुड़गावा की झील है दमदमा झील वो बन सकती है करण लेक में भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो सकता है तिलियार लेक पर भी हो सकता है ओटू का देखेंगे अभी ओटू का पानी साफ नहीं होता इतना लेकिन फिर भी अगर कहीं संभावनाएं देखी तो ओटू लेक सिरसा में वो भी एक बड़ी लेक है और कुछ तो हमने अभी नई योजना में लेक्स बनाने का भी एक अभियान शुरू किया है क्योंकि बहुत इलाके में वाटर लॉगिंग हो रही है पानी बहुत ऊपर आ गया है जमीन ख़राब हो गई है वहाँ कुछ एकड़ एरिया लेकर के उसकी खुदाई करके और वहाँ लेक की लेक बने और उस खुदाई से मिट्टी को बाकी इलाके में डाल करके उसको ऊँचा करें उपयोगी बनाएँ तो ऐसा एक पंथों काज ये भी हमारी प्लानिंग में शुरू होगा क्योंकि हमने इस बार तय किया कि एक लाख एकड़ ज़मीन चाहे सेलाइन है चाहे वाटर लॉब्ड है इसको हमने ठीक करना है तो उस पर योजनाएं बनी हैं चल रही हैं एक नजबगढ़ झील ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है उसको भी क्योंकि तो लगभग तीन हज़ार एकड़ में वहाँ बरसात के दिनों में पानी फैल जाता है तो हमने विचार किया कि लगभग 250 एकड़ में उसकी एक झील बना देंगे बांध लगाएंगे और उसकी मिट्टी निकाल करके आसपास की बाकी जमीन में डालेंगे दो फुट तीन फुट उसकी उठेगी वो भी उपयोगी होगी और वहाँ भी उपयोगी होगा और इसमें कुछ स्थानों पर तो फिशरीज़ का जो हमारा उद्योग है ये भी बढ़ेगा तो पानी अपने आप में एक बहुत उपयोगी आ, एक आ, मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट है कि पानी के बिना तो कहीं भी जीवन संभव नहीं है जल ही जीवन है जैसा हम कहते हैं तो उसका मल्टीपल यूज़ ये हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इस दो साल की योजना हमने आ, जो वाटर मैनेजमेंट द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना ये हमने अपने पिछले बजट में घोषित की थी कि दो और दो, दो, दो पानी की प्रबंधन योजना ठीक हो पानी का संकट भी हमारे यहाँ है एस वाई एल का पानी हमको नहीं मिल रहा है बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अड़ा हुआ है कुछ डैम हमारे और भी अभी रेणुका डैम है या फिर पिसाऊ और लखवाल तो इसमें भी चीज़ें आगे बढ़ रही है बहुत वर्षों से रुकी हुई हैं जो हुए हैं तो उस पर काम करना शुरू किया अभी हमने रेणुका के लिए एक पहली किस्त जारी की थी दूसरी किस्त भी तीन दिन पहले हमने जारी कर दी है उसका काम चालू हो चुका है तो ये सारे काम हम पानी के नाते से कर रहे हैं पानी के सुधार के मामले में हमको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं तो इतने यानी हमारी जो व्यवस्थाओं को देख करके तो उन लोगों ने सिंचाई का जल प्रबंधन का आ, ये सारे हमको कई तरह के पुरस्कार भी दिए हैं भिंडावास लेक और सुल्तानपुर लेक ये जो दोनों हैं वर्ल्ड रामसर वेटलैंड साइट्स और ये कुल मिलाकर के देश में आ, 24 या 25 वेटलैंड साइट्स जो हैं वही घोषित हुई हैं जिसमें दो हमारी हैं तो इसमें एक प्रकार से आ, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और जो ये जो विदेशों से साइबेरिया आदि से जो पक्षी आते हैं प्रवासी पक्षी उनका दो ये वेटलैंड जो है उनके लिए सुरक्षित कर दिए गई हैं वो वेटलैंड एरिया में साइट्स में ही रहेंगे